राजू हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके सरकारी गनर की दिन दहाड़े हत्या करने वाले एक बदमाश को पुलिस ने ढेर कर दिया प्रयागराज पुलिस ने दावा किया कि उमेश पाल हत्याकांड में शामिल अरबाज को मुठभेड़ में मार गिराया गया है इसके साथ ही उमेश हत्याकांड में शामिल बाकी आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है प्रयागराज में उमेश पाल और उनके गनर की दिन दहाड़े हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई शुरू हो गई है उमेशपाल हत्याकांड में एक आरोपी का एनकाउंटर हुआ है अरबाज नाम के बदमाश को पुलिस ने ढेर कर दिया है बताया जा रहा है कि एसओजी और प्रयागराज पुलिस ने यह एनकाउंटर नेहरू पार्क के जंगल में किया है बाकी आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है